मेरा नाम अजीत कुमार है मैं वर्ग चार में पढ़ता हूँ मैं एक कविता सुनाऊंगा फूलों से नित हसना सीखो भोरों से नींद गाना तरकी झुकी डाली से नींद सीखो सिर झुकाना सूरज के किरने से सीखो जगना और जगाना लता और पैरों से सीखो सबको गले लगाना दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना और और भी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना जलधारा से सीखो जीवन पथ में बढ़ाना और धुएं से सीखो हरदम ऊँचे पर चढ़ना